आज आपको कुछ ऐसी मूवीज के के बारे में में बताएगा देखने के आप आप उस रूम के कुछ लोचा करोगे तो आज हाँ अपन बताएगा आपको कुछ ऐसी मूवीज की जिसे देखकर आप अभी क्या भी वो चीज जिस करोगे जिसको कहते हैं हम लौड़ा लस्सन पहली मूवी है 2017 की न्यूनेस इसकी स्टोरी कुछ यही है की एक ऐप में आप किसी को भी वो हुलहुलते कान करने के लिए बुला सकते हो तो करो उसके बाद अगले दिन फिर वही हुलते का किसी और के साथ करो ये सुनने में तो बड़ा मजा आता है यार कि काम बड़े इजी से हो जाते है लेकिन रियलिटी क्या होती है यही मूवी ये चीज हमें बताती है भाई जो रियालिटी ये मूवी हिट की है ना भाई तो नेक्स्ट मूवी की स्टोरी कुछ यही है कि क्या हो जब आप टाइम को फ्रीज कर सको और वो कर सको जो आपका मन है और नीचे के बदन को सुकून और गुदगुदी दिला सको ये लेना अपने चेस्ट अभी ऐड किया है इसीलिए मतलब मैंने डाल दिया है लेकिन क्या करूँ यारूती है तो तो मतलब कर देता है है है मूवी मूवी में में एडल्ट कॉमेडी जो हमें देखने को को मिलती भाई मेरे को तो बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा में बहुत सारे सेक्सी रिलेटेबल सीन हुए है, इनको देखकर मज़ा सबने देखा ही होगा मार्टिन और उसमें जो हमें सब कुछ दिखाया गया है सेक्स ड्रग्स एडिक्शन सब कुछ मजेदार दे या में में में लगता है।, तो तो है तो चलो आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको पसंद है तो आपको पता ही है की आपको क्या करना है तो काम कर दो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तब तक के लिए डल जाए